हे वेलकम गाइस कैसे हो आप सभी इसके वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने चैनल पे 50 वीडियो को भी अपलोड कर चुके हैं बट आपका चैनल ग्रो नहीं हो रहा इसके बारे में बात करने वाले हैं उसके पहले अगर चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपने भाई का नाम भी जान लो मेरा नाम है आरशान एंड आप देख रहे हो तो पहले क्यों नॉन कर लेना हाँ सोचा लगा है क्या बंद करते हैं बट मेरा चैनल ग्रो नहीं हो रहा है सो यार मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा या तो फिर आप शॉर्ट्स अपलोड करो डेब्लॉग्स पहले एक कैटेगरी चूज कर लो कि आप क्या अपलोड करना चाहते हो क्योंकि अगर आप दोनों एक ही चैनल पर अपलोड करते हो ना तो आपका चैनल YouTube समझ नहीं पाता है स्टार्टिंग में कि आपका चैनल किस कैटेगरी से एंड आपका चैनल किससे मतलब शॉर्ट चैनल है या फिर लॉन्ग वीडियो चैनल तो स्टार्टिंग में तो यार मैं एक ही बात बोलूँगा आप एक ही टॉपिक पर वीडियो डालो रेगुलर एंड एक लॉन्ग वीडियो डालो या फिर शॉर्ट डालो अगर आप शॉर्ट वीडियो भी डालिए तो आप एक और चैनल क्रिएट कर सकते हो अदरवाइज एक ही चैनल पर एक ही टॉपिक स्टार्ट करो यार बाद में आप हफ्ते में एक शॉर्ट या फिर ऐसे डाल सकते हो अदरवाइज डेली मत डालना एंड मैं भी ये गलती करता था पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा आप वहाँ जाकर उस चैनल को भी देख सकते हो सो so यार तो आप सेकंड मिस्टेक जो करते हो वो करते हो आप अपनी वीडियो शेयर कर देते हो यूट्यूब पर लिंक्स दे, दे देते हो मैं काफ़ी वीडियो में एक वीडियो में तो मैंने बताया है स्पेशली सीपे पर वीडियो बनाई है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा एंड आप क्या करते हो यूट्यूब पर शेयर कर देते हो शॉर्ट्स में ट्रेंडिंग पेज में जाके अपनी लिंक छोड़ देते हो ताकि तो काफ़ी बंदे वहाँ से आए बट यार कुछ नहीं होता उससे एक या दो बंदे आ जाते हैं और आपकी वीडियो यूट्यूब सजेस्ट नहीं करता बाकी यूट्यूब सजेशन में आना बंद हो जाती है आपकी वीडियो जिसकी वजह से वीडियो डायल होती है एंड चैनल डायल हो जाता है मैंने इस पर वीडियो बनाई है राइट वे शेयर यहाँ पर आई वे टाइम क्लिक कर जाकर देख सकते हो अदरवाइज नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से जाकर देख सकते इस वीडियो के बाद सो सेकेंड और थर्ड टिप की बात करें तो हमने फिफ्टी वीडियोज अपलोड करने वैनल भी रोने सीखने तो मिला कुछ या आप जो थम डाल रहे थे अभी से थम मिनल बदल लो आप अपना टाइटल बदल लो एंड डिस्क्रिप्शन लिखने का तरीका बदल लो भाई क्योंकि तो इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है आपके वीडियो पर एंड अगर आपकी वीडियो का कॉन्टेंट अच्छा है सो so, अदरवाइज अपना थम इंप्रूव करो एंड कॉन्टेंट बनाने का तरीका भी इम्प्रूव करो अगर आपका कॉन्टेंट बनाने का तरीका इम्प्रूव नहीं है तो क्या मिस्टेक कर रहे थे अभी तक तो वो मिस्टेक मत करना मेरे भाई क्योंकि YouTube के एलोज को आपको समझने में छः महीने लग जाते हैं so, इस टाइम में, में आप लगातार हर टॉपिक पर वीडियो मत डाले इससे आपके चैनल बिल्कुल नहीं होगा मतलब एक ही ट्रैक की वीडियो डाल रहे हो गेमिंग की वीडियो डाल रहे हो लाइक्रा एक्सेट्रा तो ये ऐसा मत करना मेरे भाई सो इतना ही बोलना चाहूँगा इस वीडियो में अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो और ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय